सत्ता का नशा क्या होता है इन दिनों ये बीजेपी के नेताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है आज हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें बीजेपी नेता खुद को भले ही भगवान ना समझ रहे हो लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान रहे कहीं मंत्रियों की धौस दिखाई जा रही है तो कहीं बीजेपी नेता अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा लगता है बीजेपी वो बीजेपी पार्टी नहीं रही जिसमें संस्कारों और नैतिकता की बात होती थी बीजेपी में बड़े जल्दी और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं बदलाव व्यवस्था में नहीं बल्कि बदलाव आया है तो संस्कारों में संस्कारों को लेकर जाने जाने वाली पार्टी में अब ऐसे नेता आ गए हैं जो अब शब्दों के सिवा बात नहीं करते तो चलिए हम आपको नेतागिरी और सत्ता की धौस की पहली तस्वीर देवास ऐसी दिखाते हैं स्कूल बसों में अनियमितता के चलते परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान भाजपा जिला मंत्री राजेश यादव और परिवहन अधिकारी जया वसावा के बीच तीखी नोक हुई दोनों ने एक दूसरे पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं दरअसल देवास जिले में स्कूल बसों में परमिशन को लेकर आरटीओ विभाग कार्रवाई कर रहा था जिस पर नेताजी भड़क गए और अधिकारी को अनाप शनाप बकने लगे चलो आप करो करो करके करो चलिए आप करो करो आप देवास की एक भी बीजेपी कर दी फिर खराब कर दूंगा हाल तो बात करो आप दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर के गार्डर वारा की है जहाँ बीजेपी नेता शशिकांत गुर्जर ने रोड की मांग कर रही जनता को सरेआम माँ बहन की गालियां दी आप शब्द कहे इतनी कि वह मारने पर भी उतारू हो गए वो भी तब जब वहां कांग्रेस की महिला विधायक के साथ और भी महिलाएं थी जैसे तैसे लोगों ने उनका गुस्सा शांत किया अब ये सत्ता का नशा नहीं तो क्या है जो जनता नेता चुनती है सड़क की मांग करने पर उसी को भला बुरा कहना गाली देना ये नई भाजपा का नया संस्करण है जी है भाई ये तो अपने खाते पहुंचे हैं वो तो कहते समस्या जाती नहीं कलेक्टर अब तो हमने की बात करा हाई कोर्ट में पेशी होता है क्या कलेक्टर की हो सुनो क्या एसडीएम डी एम की हो मेरी हो पानी पहुंचने पड़ा कुछ नीतिगत बात भी देख लीजिए अरे चलो भारा सांसद तो पानीदारे जाने जाओ आगे। आगे। आगे। आगे। आगे नगरीय प्रशासन मंत्री का नाम ले लेकर धौस जताने में लगा हुआ है ये लोग लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों को कर अपना उल्लू सीधा करते आए हैं। ये युवक जिन मंत्री का नाम ले रहा है, उनकी छवि साफ स्वच्छ है। ये नेता कह रहा है नवीन भट्ट मतलब मंत्री भूपेंद्र सिंह का जानने वाला देखिए इनके भी धमकाने का तरीका सब है। दिखाओ दिखाए वो क्या नवीन भट्ट की गाड़ी है।, तो को जा जा जा जा पता है नहीं पता आपको वीडियो बनाओ नहीं पता नवीन भट्ट मतलब भूपेन्द्र कहा है बड़े अधिकारी किसी ने कुछ बोला क्या आपसे हमसे नहीं बोले नवीन भट्ट की गाड़ी है तो सुनो ना किसके नाम आ रही गाड़ी देखो देखो छोटा भाई है दीपक भट्ट उसके नाम पे आ रही है तो फिर आपके नाम पे कैसे होगा छोटा भाई और बड़ा भाई कोई फरक होता है? नहीं होता क्यों होता क्यों नहीं होता फलो तो सीखो आप फोनरेट करो आपने, आपने आके चिल्लाना शुरू कर दिया ये कॉपरेट है क्या या? आपने फोन में बात कर ले बात खत्म तो हो जाए बात कर ले